तो हेलो गाय कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वीडियो वाटर मार्क कैसे हटाएं जी हाँ दोस्तों वीडियो वाटर मार्क कैसे हटाएं इस बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो वाटर मार्क हटाने का मैं आपको तरीका बताता हूं जैसे कि कैंड मास्टर में से वीडियो एडिटिंग करते हैं आप लोग या फिर में तो वहाँ पर आपको सिम्बॉल पर काट में मास्टर लिखा हुआ दिखेगा वो जब भी हम यूट्यूब पर डालते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वो वाटरमार्क हटाने का मैं उपाय आप लोग को बताने जा रहा हूं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों आप लोगों से कोई जाए जैसे कि हमारे चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल लाइकन घंटे को भी प्रेस कर लेता हमारी जो भी वी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो वाटरमार्क कैसे हटाया जाता है तो चलिए दोस्तों स्क्रीन की तो चलिए दोस्तों मैं आ गया अपने होम स्क्रीन पे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको क्रोम ब्राउजर से कैंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें आपको वीडियो वीडियो बी, जो वाटर मार्क होता है इस पर शो नहीं करेगा जी हाँ दोस्तों तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे आ गया आपको लेके चलता हूँ क्रोम ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर में लेके जा रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा इन्हें समझिएगा आप लोग समझ गए यहाँ से आप पहुँच जाइएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जाकर के टी डॉट कॉम पर जाकर हमको पहले से डेस्क कर लेना है चलिए डेस्कटॉप सेट हो गया ओ डाटा नहीं खोला भाई डाटा पेज ओपन हो रहा है अब यहाँ पर हमको लिखना होगा मिनट यहाँ पर हमको लिखना है काइन मास्टर मोड काइन मास्टर हो गया यह काइन मास्टर सॉरी क्रैंड मास्टर मोड सॉरी सॉरी क्रैंड मास्टर मोड हो गया अब यहाँ पर आगे लिखना है मोडीबिन मोडी में चुके तो दोस्तों इसको पेंट कर लेना है देखिए दोस्तों मैंने देखा ये आगे आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है ये फर्स्ट पे कैन मास्टर मोड ऐप ये देखिए दोस्तों आगे पेज ओपन हो गया हमको यहाँ से डाउनलोड करना है यहाँ पर जा, जाना है नीचे जाइए नीचे देखिए यहाँ पर लिखा होगा गो टू डाउनलोड पेज इस पर पे आपको क्लिक कर लेना है ठीक है दोस्तों पे क्लिक करके आपको फिर आगे प्रोसेस में बता रहा हूँ देखिए यहाँ से जो कॉपी राइट क्लेम सॉरी क्या बोलते हैं मैं वाटर मार्ग जो होता है वीडियो के साथ में जो लिखा रहता है कैन मास्टर वो आपको इस यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वो शो नहीं होगा आपके वीडियो में जी हाँ दोस्तों यहाँ से आपको वो शो नहीं होगा देखिए अब यहाँ से फिर आ गया फ्यूचर मोड जो डिस्टर्ट अब यहाँ से गो टू डाउनलोड पेज है यहाँ सब क्लिक कीजिए फिर से हो गया तो अब दोस्तों अब यहाँ से कैन मास्टर हो गया आप ये फर्स्ट वाली अप्लीकेशन पर ये निन्यानवे में भी का हो गया ये डाउनलोड कर लीजिए कैन मास्टर मोड है ये डाउनलोड कर लीजिए ऊपर का ये ये जो मैं हाथ रखा हूँ ये डाउनलोड कर लीजिए आपके आपके जो कैन मास्टर अप्लीकेशन डाउनलोड होगा उसमें आप वीडियो बनाएगा तो वाटर वीडियो वाटर मार्क सोना ही होगा आपके वीडियो में ठीक है दोस्तों तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ गए होंगे तो चलता हूँ मैं अपने कैमरे की तरफ है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो वाटर मार्क कैसे हटाया जाता है उसके लिए आपको प्रोम ड्राइवर से काइंड मास्टर अप्लिकेशन डाउनलोड करना पड़ता है तो इसमें आपको हट जाता है ठीक है तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे अगर हम लोग हमारी वीडियो से आप लोगों का थोड़ा भी नॉलेज मिटो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना करना और वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं बाय